सो हेलो गैस वेलकम बैक टू माई YouTube चैनल एस आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है सो so, गैस आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ए, उत्तर प्रदेश पंचायती राज डिपार्टमेंट का एक फॉर्म निकला है जो कि ऑफलाइन फिलअप होता है और अंठावन समथिंग इसमें जो है वैकेंसी है तो इसी चीज़ के बारे में हम जानेंगे इसमें कैसे जॉब लगेगा कैसे फॉर्म फिलअप किया जाएगा क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है कितना पेमेंट मिलता है और कितना डेट ऑफ बर्थ चाहिए ये सारी चीज़ रिक्वायरमेंट इस वीडियो में हम जानेंगे तो उत्तर प्रदेश डिपार्टमेंट जो है फॉर्म है तो अच्छा खासा जॉब है और इसमें जो है अच्छा पेमेंट मिलता है तो वो वीडियो में बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए वीडियो अगर आपको अच्छा लगा और हल्फिल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेलाइकन को और पर सेट कर दीजिएगा ताकि नए नए वीडियो हम जैसे अपलोड करें आपके पास जो नोटिफिकेशन चला जाए तो चलिए वीडियो को हम जानते हैं बारी से समझते हैं तो देखिए यहाँ पर हम जो सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर आए हुए हैं तो यहाँ चलिए हम आपको अच्छे से समझा देते हैं तो यहाँ पर देखिए थोड़ा तो यहाँ पर देखिए हम सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम पर आ गए हैं उसके बाद हमें जो है यहाँ पर यहाँ देख रहे होंगे यूपी पंचायत सहायक अप्लाई ऑफलाइन तो हम आपको दिखा रहे होगा तो पर हम क्लिक कर लेंगे यहाँ पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा इस तरह से इंटरफेस तो खुलने के बाद आपको जो है नीचे आना है और नीचे देखिए यहाँ जो पोस्ट ने हम दिखा रहा हो यहाँ पे देखिए यूपी पंचायत सहायक सी आ, कम डीईओ रिक्वायरमेंट ऑनलाइन सॉरी 2021 ऑफलाइन फॉर्म यानी ऑफलाइन इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा जो कि उत्तर प्रदेश का है तो उसमें जो है काम क्या क्या है सारे चीज़ देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश पंचायत सीख डिपार्टमेंट आर यू इन्वाइट टू ऑफलाइन अप्लीकेशन रिक्वायरमेंट फॉर दोस्ट पंचायती सहायक हो काम डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम है जैसे कि आप लोग देखते होंगे पंचायत में जो है सारे चीज काम जो होता है एंड जैसे कोई चीज़ आ गया बाथरूम हो गया ये सारे चीज़ जो रिक्वायरमेंट होती है सब काम रहता है पंचायती राज में तो वही सब डाटा उनका डाटा जो है रखना पड़ता है और वही सब डाटा जो है सेफ रखना पड़ता है तो उसी के लिए इसमें जो है सारे चीज़ चलिए यहाँ देख लेते हैं यहाँ आप लोग देखिए सारे चीज़ यहाँ पर लिखा गया डाटा एड्री डी का जो है फॉर्म है तो चलिए इसमें फीस पेमेंट क्या रहेगा सारे चीज़ देखते हैं और डेट की बात किया जाए कि डेट कब से कब तक करेगा तो देखिए दो आठ दो हज़ार इक्कीस फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया लास्ट डेट जो है सत्रह आठ तक का है ऑफलाइन फॉर्म भराया गया जो है 24 से 31 अगस्त के बीच में मैरिट लिस्ट बनेगा जिसमें देखिए आपको हम बता दें कि आपको एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है आप जो भी बोर्ड ऑफिस यानी कि जो आप एग्ज़ाम दिए मैट्रिक या इंटर का तो उसमें जो मार्क्स आया है उसी के अनुसार आपका जो है यहाँ पे बनाया जाएगा मैरिट लिस्ट जितना नंबर आएगा वही हिसाब से आपका मैरिट लिस्ट बनेगा तो उसी हिसाब से आपको काम दिया जाएगा या फीस की बात किया जाए तो जनरल हो ओ हो या ई डब्ल्यू एस कोई भी कैंडिडेट हो उनका और कैंडिडेट का फीस नहीं लगेगा कोई भी कैंडिडेट का फीस नहीं लगेगा अब एज की बात किया जाए तो एक चलिए देख लेते हैं अट्ठारह से चालीस वर्ष तक के हैं सो so, चलिए पोस्ट यहाँ पर देख लेते हैं वैकेंसी डिटा जो है अंठावन हजार एक पोस्ट है अंठावन पोस्ट है यहाँ देखिए और यहाँ देखिए फॉर्म जो फिलअप होगा मस्ट बिल रिकॉर्डमेंट ग्राम पंचायत फॉर्म द फोन दिहारिंग टेन प्लस टू वन आप इंटर पास होना चाहिए कोई भी बोर्ड से आपको और यहाँ सारी चीज़ जो है देखिए आपको भराने के लिए सारी चीज़ आपको बताया गया है तो आपको पढ़ लेना है और नीचे देखिए यहाँ पर आपको बता रहा होगा तो यहाँ पर देखिए जो है यहाँ पर देखिए डाउनलोड फॉर्म का लिंक दिया गया है तो इस पर आपको जो है क्लिक, तो क्लिक कर लेना है यहाँ से जो है फॉर्म आपका डाउनलोड हो जाएगा आप फॉम चलिए ढंग से रहेगा फॉर्म में लिख लेते हैं क्या क्या भरना पड़ेगा तो चलिए देखते हैं फॉर्म में तो फॉर्म जो है यहाँ चलिए देख लेते हैं क्या क्या तो लिखा तो है इसमें एक फ़ोटो आपको चिपकाना है यहाँ आवेदन का नाम लिखना है पिता या माता का नाम लिखना है यहाँ जन्म तिथि लिखना है सारे भर है जेंरल ओ जो भी है यहाँ दे देना है उसका मोबाइल नंबर यहाँ देना है उसके बाद आगे देखिए मोबाइल नंबर देने के बाद यहाँ जो है तो यहाँ जो आपको देखिए क्रमांक लिखना है उसके बाद पर परीक्षा का नाम लिखना है परीक्षा उत्तीर्ण का वर्ष लिखना है यहाँ बोर्ड लिखना है किस बोर्ड से आप पास किए हैं कौन कौन सा सब्जेक्ट से पास किए हैं यहाँ लगी लिखना है श्रेणी यहाँ लिखना है या परसेंटेड लिखना है ओके उसके बाद देखिए यहाँ क्या कार्य का अनुभव कितना अनुभव आपके पास है वो सारी चीज़ लिख लेना है और इसके बाद यहाँ पर जो है आपको कुछ यहाँ कंडीशन दिया गया है तो आपको हाँ कर देना है उसके बाद इतना ही भरना है इस फॉर्म को इतना इतना ही भर के इस फॉर्म को आपको जो है संचालक जो है आपका पंचायत सहायक काउंटर तो वहाँ आपको जाकर जमा कर देना है यहाँ देखिए फॉर्म का भी नाम लिखा गया है पंचायत सहायक अकाउंटर कम डाटा एंट्री ऑपरेटर हैतु वगैरह आपको जो है फ़ोटो को ए, इस फॉर्म को जमा कर देना है सो so, तो आज के इस वीडियो में ही हमने देखा और कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाता है तो आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं अच्छा खासा जो है अच्छा पेमेंट भी मिलता है तो so, चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं जय हिंद जय भारत